हेलो दोस्तों स्वागत है आप सभी का न्यूजलाय हिंदी में दोस्तों इंग्लैंड और साउथ अफ्रीका का मैच अभी समाप्त हुआ जिसमें इंग्लैंड को मिली शर्मनाक हार और साउथ अफ्रीका ने 12 रनों से हराया इंग्लैंड को तो चलिए और विस्तार में इसे जानते हैं तो दोस्तों इंग्लैंड और साउथ अफ्रीका का इस सीरीज का पहला टेस्ट मैच था और लंदन के ऐतिहासिक लॉर्ड्स ग्राउंड में उसे साउथ अफ्रीका ने महज तीन दिनों के भीतर ही बारह रनों से करारी शिक्कत दी हार हुई उसकी और ये जीत इंग्लैंड को शर्मनाक करने वाली है क्योंकि उसे हार सिर्फ छः सेशन में मिली है जिसमें आधे दिन का खेल जो है बारिश की वजह से नहीं हुआ और मैच के पहले दिन सिर्फ बत्तीस ओवर का खेल हो सका था इसके बावजूद इंग्लिश टीम इस मुकाबले में तीन दिन तक भी नहीं टिककी ये वेन स्टोक के कप्तान और ब्रेंडन मैकल्स के हेड कोच बनने के बाद टेस्ट क्रिकेट में इंग्लैंड की पहली हार है इस जीत से साउथ अफ्रीका ने बता दिया कि वह भला क्यों वर्ल्ड टेस्ट चैंपियन में टॉप पर है दोस्तों वीडियो कैसा लगा कमेंट करके अवश्य बताएं। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिए और इसी तरह के वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए